तीन मीबारेमेंपले गावे जे अका सान पारगाना चिकी बाबद चला कान से रेपे चला कान हाँ। से चिकीके हाँ। तो दो दो जे और चिकी तो उड़ीसा मयूरभज सी और अन्ते उड़ीसा हाँ। को मयूरभ हत्या हमें ना भाषा को भाषा शैली का शैली उड़ीसा मयूरभ अब संगना मारे को नौ, नाषा शैली जुदा के बना का चल रहा उनका रहा को रहा मैं दाग दाग रो दागाम चित दाग दाग रहा पियोर सान सान रहा तो उनका टाटा तो अरे हाँ तो और चिक्की तो चिक्की बाले अलगे हाँ भाषा ना से असल शैली आस बड़बाग सकाल सब चिकी तो अच्छा दादा ऑलचिकी में बापे कुशन सी मिट्टी निज लिपि जरूर से बात जरूर दो जरूर कर हाँ अद लिपि को माना तब चेक लिपि संताल अलग सान पारगाना अलग दल रहा कड़ा मेय तो सानी आखर चलें रैर का चेक बोलो एक्म तबेपे कुछ एक्में कुछ और उड़ीसा बरबाद बुगड़ी भाषा से बाे कुशाया हाँ ठीक है सारा आर संगठन दादा मेना अद दादा आम्बा लैम मसें बस मेंबर मैं मेमारे मना अच्छा तो नीत दुपड़ूब हो निकल जो अलची बाे कुशा चेदापे कु लिपी सानगाना जारखण्ड ली से, से पूरा भारत संपीत <laughs> hmm. उकाटा रोड चाहेट रंग एट लिपि को कुमु तैयार कामर्थना मुचाद हमें झारखंड जो आल चिकी लिपि लगुदा चैनल माध्यम से संदेश एवं सना बाला उड़ीसा खेल हजन दलाल झारखंड पार्टान कदम को दौर मिट्टे चेतावनी एमा को सोबारा नोका हदीसमा जो नारगना आ रीचाली रिना भाषा संस्कृति जेमन रपूद आलोक तो नुवा को को को युवा जागरूक कर उनको ठीक तो संगठन सेना सर